बड़ी हो बात। तो है कहां यार तो सही कहा तो तो तो तो जाए, तो जाए। तो एक दरवाजो दादो भाई खोजे थे ना चल थोड़ी आराम कर लिया जाए कहते नहीं हिम्मत आ रहा है और 3:00 तक तो पूरी सो जा तो दादा भाई खोजे लगे तो जाओ बाजार जाइए बाहर। नहीं नहीं नहीं तो। जाओ बाजार जाइए बाहर। अलविदा कबूतर। ता। जाओ बाजार क्या? बाजार। हाँ। तो माय कहाँ है? माय वहाँ सूतक है। कहाँ हाँ वो कैसूतक वाले <ने> समय हैं। सूतक नाना भाई भाई ठीक है। कहाँ गए लिए दो में? नाइ है फोन बतिया क्या? कैसे? अपने माय। पापा न आ, टौकर तो टौकर तो तो तो तो तो ना थैकेली आले तो तो के अरे थैकेली है घर गए का भाई पापा नहीं अरे सारे तो हम के कहले रेली थैकेली आ खाया को नहीं ना बैठ गया है बैठ गया ना ओय हो दादा दादा दा, अरे <laughs> दादा <ते> दा <laughs> दादा दादा चुप रहो। अरे अरे अरे रे तो नहीं सही। राहुल हमारो हमारे उन्हें के बुला के लाओ जमीरे आ रुक जा उन्होंने सोके न बजाते बुलावे लेकिन न भारी अंग्रेज हम सारे बन चल उठई के उठवारी अरे अरे आबा तुसी रे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 कि हटिया छोल के बेचले रहनी तब साइकिल लिया धरर बस कीया पता नहीं ये 28 जणा चला चलो अब और वो बता दिए बस मेरा सामान शुरू है साइकिल आ गए बंद काम में दिशा मत फले फटरारी को खास जिंदगी आला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 बन तो हम पूछ रहा कहा था था था। दे।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 यार ना यार ये लावत है दादा आप ना कर क्यों कर ना कर ना कहीं तो रारा ना से चालू चला वाह वाह